कौन मुसलमान नहीं, नहीं, नहीं, कि नहीं हैंगजेब अभी का ना भिड़ो किसका तुम्हारा बाप था या मेरा बाप था बताओ बाबर अल्लाह मोहम्मद किसको पूछोगे अल्लाह मोहम्मद को तो ये बाबर औरंगजेब हुरबल इरबल कौन है आप राम जी को पूछोगे हनुमान को पूछोगे तो मोदी जी योगी जी कहाँ से आ गए ये? अगर कोई औरंगजेब को गाली दे ये पूरी दुनिया जानती है औरंगजेब कौन था तो बुरा मत मानो लेकिन अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दो तो जूता लेके मारो औरंगजेब के नाम पे मत लड़ाओ जब तो औरंगज़ेब को गलत मान गलत था वो है बाबर गलत नहीं था बाबर बाबर की बाबर की दो चीज अच्छी अच्छी चीजें बता दो ताकि दर्शक देख ले दो चार अच्छी चीजें बाबर हमें अमित शाह कैसे पहले क्या सिग्न चाहिए अमित शाह अमित शाह ज्ञान में जो मिला क्या वो तो है साहब कहना है। अरे कैसे, कैसे पाइप कहाँ से लाए थे कौन सी कंपनी अभी आएगा ना भिड़ो का था केजरीवाल पाइप था मुँह से मुंह से पिचकारी मारता था क्या अकबर कौन मारता था था तो बनवा नहीं सकता था अपनी कंट्री में ठीक हाँ है ये फवारा बनवा दिया कई लोग पूछ पूछ रहे थे ऐसे ही है आया पाइप पे उसका फवारे का ने में लाइट बनाई अब पता नहीं ये कौन सा तार ले आया था मुख वहाँ से टका बदमाश चोर इन्हो ने लगाकर फुआरा चला दिया